हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको बता रही हूँ गुआर और आलू से बनी एक बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी जिसका टेस्ट इतना यम होगा आप इसको जरूर एक बार ट्राई करिए और अगर मेरी डिश आपको समझ में आती है तो उसको प्लीज सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए इसके लिए जो हमें इन्ग्रीडियंट्स चाहिए प्लीज नोट कर लीजिए ग्वार की फली आलू कद्दूके हुए टमाटर गरम मसाला पिसा अमचूर हल्दी पिसी हुई लाल मिर्ची पिसी हुई हरी धनिया नमक लहसुन और मिर्ची उटी हुई और सरसों का तेल ये मैंने गैस चालू कर दिया इसमें सरसों का तेल डाल दिया गरम होने के लिए ये ग्वार आलू है जिनको मैंने ऐसे काट के धोकर बॉईल कर लिया है और एक आलू भी ऐसे चौकड़ टुकड़ों में बॉईल कर लिया है साथ में दोनों को मिला के बॉइल कर दिया है ये ग्वार आलू जो बॉइल करे थे उसको ग्वार को थोड़ा सा हल्का सा मैश कर दी एक दो आलू के छोटे पीस कर लें सबको टोटल मैश ना करें मैश है दूसरी तरफ ये तेल रखा था देखिए गर्म हो गया है अब इसमें ये लहसुन और मिर्ची जो कूद के रखी थी वो डाल हल्का ब्राउन होने दें गैस सिम पे कर दें हो सकता है ज्यादा लाल ना हो जाए अब इसमें ये टमाटर जो मैंने कद्दूक करके रखे थे वो डालने टमाटर मैं दो मिनट से पकने के लिए छोड़ दूँगी सिम पे बिल्कुल पे रखें ये देखिए दो मिनट के बाद गैस तेज पे कर दिया मैंने टमाटर पकने लगे हैं अब इसमें थाले डालने किसी भी लाल मिर्ची किसी हरी धनिया नमक हल्दी और ये ग्वार आलू जो हमने मैश करके रखा था वो मिक्स करेंगे हल्के हाथ से घुमाएंगे थोड़ा सा पिता अमचूर डाल दिए हमें इसमें मैं थोड़ा सा पास्ता मसाला डाली हूँ जिससे इसके स्वाद में और इसका स्वाद जो है और धुना हो जाएगा ऑप्शनल है आप डाल सकते हैं इसको वापस इस दो मिनट सिम पे रख दिया मैंने बनने के लिए ये देखिए हमारी चटपटी यमी गोआ आलू की सब्जी तैयार है इसको दो मिनट के बाद मैंने बंद कर दिया था और इसको डिश में सर्व करने के लिए रेडी किया है इसके ऊपर थोड़ा सा गर्म मसाला स्प्रिंकल करेंगे और गार्निश के लिए थोड़ा हरा धनिया ये तैयार है आपकी गुआरामी थी सब्जी